हेलो गाइस स्वागत है आपका मेरे चैनल फ्रैंक Frank, फ्रैंकली में आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि मनोज देह जिसके सब्सक्राइबर 1.69 मिलियन है उन्होंने मेरी इंस्टाग्राम की स्टोरी व्यू करी थी मैंने उनकी एक अपडेट मतलब उनकी एक फ़ोटो पाई थी जिसमें उन्होंने मैं, मैंने उनको टैग किया था और उन्होंने मेरी स्टोरी को व्यू किया है आप देख सकते कितने बड़े यूट्यूबर होने के बावजूद उन्होंने मेरी इंस्टाग्राम की स्टोरी को व्यू किया है यहाँ तक कोई भी बड़ा यूट्यूबर किसी की ऐसे ही स्टोरी व्यू नहीं करता है तो देखिए आज मैं दिखाता हूँ तो अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साइड में बेल आइकन को दबा के उसको ऑल पे क्लिक कर दीजिए जिससे आने वाली हमारी अपडेट आपको मिलती रहेगी तो चलिए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ तो देखिए ये मैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर आ चुका हूँ तो मैंने कल स्टोरी लगाई थी मनोज दे की फ़ोटो को एडिट किया था थोड़ा सा और उनको टैग किया था तो उन्होंने टाइम निकाल के मेरी स्टोरी को व्यू किया है आप देख सकते हैं यहाँ पे मनोज दे ट्वेंटी थ्री उनका अकाउंट है रियल अकाउंट है आप देख सकते हैं उनके फॉलोवर भी हैं वन वन नाइन्टी टू के देखिए इतने बड़े यूट्यूबर होने के बावजूद वो मेरी स्टोरी को व्यू कर रहे हैं कोई भी इतना बड़ा यूट्यूबर किसी की स्टोरी को ऐसे ही व्यू नहीं करते मेरे ओनली छः सौ हैं और जबकि मनोज दे के वन पॉइंट हैं उन्होंने मेरी स्टोरी को व्यू किया है धन्यवाद मनोज भाई ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए थैंक यू ब्रो You.